जय हिंद ये बाल विकास का पार्ट ट्वेल्व है जो लोग एक से लगा करके एलेवन तक के नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर देख लें या फिर यहाँ पर एक आई बटन होगा वहाँ पर वीडियोस के लिंक हैं आप जैसे क्लिक करोगे हमारे वीडियोस पर पहुँच जाओगे समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श चैप्टर से ये पूरा प्रैक्टिस सेट है इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो सभी इसमें हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न प्रश्न नंबर एक है मंद गति से सीखने वाले बालक को ज़रूरत होती है किस चीज़ की आपने अतिरिक्त सहायता की भी विशेष सहायता की सी किसी सहायता की नहीं या फिर डी कुछ सहायता की तो मेरे साथ पेपर पेन लेकर हल करिए लास्ट में बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है प्रश्न नंबर दो निशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य रिक्त स्थान है में निशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है ऑप्शन ए नियमित विद्यालयों में बी विशेष विद्यालयों में सी मुक्त विद्यालयों में या फिर डी ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नियमित विद्यालयों में प्रश्न नंबर तीन पाँचवीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ऑप्शन ए के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रभ्य सी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए ऑप्शन बी है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए या फिर सी को निचले स्तर के कार्य की करने की छूट मिलनी चाहिए या फिर डी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए तो प्रश्न नंबर तीन का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ये कक्षा के दृष्टि विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रभ्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी जानी चाहिए प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है ऑप्शन बुद्धिल का पच्चीस से सत्तर के मध्य होना चाहिए बी धीमी गति से सीखना और दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना ऑप्शन सी वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई या फिर डी आंतर वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना तो प्रश्न नंबर चार का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा तो प्रश्न नंबर चार का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आंतर संबंधों का कमज़ोर होना प्रश्न नंबर पाँच कक्षा पाँच के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को ऑप्शन ए निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना चाहिए बी उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए सी कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं आर सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए या फिर ऑप्शन डी कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए तो प्रश्न नंबर पांच का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए प्रश्न नंबर छह आपको अपनी कक्षा में दो मंद बुद्ध बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है आप क्या करेंगे ऑप्शन ए उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे या फिर भी प्रधानाध्यापक को उन्हीं किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे या फिर सी ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे या फिर डी इनमें से कोई नहीं तो बताइए क्या करेंगे आप लोग तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे प्रश्न नंबर सात जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू या बुद्धि बुद्धिलब्धि कितनी होती है ऑप्शन ए 110 से 120 120 या बी इक्यानबे से 110 सी इक्यान से 80 या फिर डी 25 से कम जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू कितना होता है प्रश्न नंबर सात का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 25 से कम होता है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक से एक सौ किन लोगों का होता है यदि छात्र अधिकांश कार्य हाथों से करेगा तो छात्र में क्या विकसित होगा ऑप्शन ए शारीरिक शक्ति बढ़ती है बी मानसिक शक्ति बढ़ती है सी परिश्रम करने की भावना जागृत होती है या फिर डी आत्मनिर्भरता पैदा होती है तो प्रश्न नंबर आठ का सही उत्तर बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता पैदा होती है प्रश्न नंबर नौ आंशिक दृष्टि युक्त बालक का व्यवहार कैसा होता है ऑप्शन को आँखों के निकट लाकर पढ़ता है। है। बी से स्पष्ट दिखने की शिकायत करता है। या फिर सी श्यामपट पर लिखे हुए को नोटबुक पर नहीं उतार पाता है या फिर ऑप्शन डी उपरयुक्त सभी बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दृष्टि आंशिक युक्त बालक कैसा व्यवहार करता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी प्रश्न नंबर दस बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है किसके द्वारा ऑप्शन ए डांट डबट कर बी दोषारोपण द्वारा सी अनुबंधन द्वारा या फिर डी इनमें से सभी प्रश्न नंबर दस का सही उत्तर होगा आप लोग पहले बता दो क्या लगाओगे यदि आप लोगों ने लगाया है इनमें से सभी तो ये बिल्कुल गलत है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुबंधन द्वारा प्रश्न नंबर 11 कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है ऑप्शन ए उसमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन और शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है बी है उनमें कक्षा में समायोजन में कठिनाई उत्पन्न होती है सी है उन्हें केवल गणित में कठिनाई होती है या फिर ऑप्शन डी उपरयुक्त में से कोई समस्या नहीं होती है तो बताइए प्रश्न नंबर ग्यारह का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उसमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञान अर्जन और शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है प्रश्न नंबर बारह दृष्टिदोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए क्यों देना चाहिए मौखिक व्याख्यान द्वारा बी त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा सी क्षेत्र द्वारा या फिर में से कोई नहीं तो प्रश्न नंबर होगा ऑप्शन बी त्रि आयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा प्रश्न नंबर तेरह निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है आपने दृष्टि दोष बी श्रवण दोष सी मूक बधिर या फिर डी मंद बुद्धि प्रश्न नंबर तेरा का सही उत्तर आप लोगों ने लगाया है दृष्टि दोष तो बिल्कुल गलत है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन प्रश्न नंबर चौदह निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है आप सी बी डेसीबल सी डेसीपाइन या फिर डी डे बिंदु बताइए प्रश्न नंबर चौदह का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डे सी द्वारा प्रश्न नंबर पंद्रह किस प्रकार के बच्चों की शाखा तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए युक्त बच्चे बी मूकबधिर सी मंदबुद्धि या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं बताना है सांकेतिक भाषा का प्रयोग किन बच्चों की शिक्षा हेतु तो किया जाता है तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मूक बधिर प्रश्न नंबर 16 पिछड़े बालक ऐसे होते हैं जिनमें ऑप्शन ए सीखने की गति धीमी होती है बी बुद्धलब्ध स्तर अस्सी से नब्बे होता है या फिर सी मानसिक रूप से अस्वस्थ असमायोजित व्यवहार वाले होते हैं या फिर डी उपरयुक्त सभी तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरयुक्त सभी प्रश्न नंबर 17 जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए ऑप्शन ए बच्चे की नियोग्यताओं के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए या फिर बी उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए या सी सरकारी योजनाओं योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए या फिर डी प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो प्रश्न नंबर सत्रह का सही उत्तर होगा ऑप्शन आप बच्चे की नियोगिताओं के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए प्रश्न नंबर अठारह जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह आप सन कक्षा के लिए सीखने है तो बाधाएं उत्पन्न कर रही है बी समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है सी है सभी विद्यार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित कर रही है या फिर डी दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जो शिक्षिका है वो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार ही कार्य कर रही है प्रश्न नंबर उन्नीस श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैरा या कुंठा का सामना करते हैं ऑप्शन ए दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता भी दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता यह ऑप्शन सी प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता या फिर डी खेलकूद में भागीदारीता निभाने में अक्षमता तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता प्रश्न नंबर बीस एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं निम्नलिखित में से उन उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा ऑप्शन ए पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं शारीरिक रूप से ग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई विकल्प गतिविधि कर सकते हैं या फिर सी मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते या फिर डी पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे तो सबसे अच्छी कौन सी भाषा होगी जिसमें बच्चे को कोई कुंठा ना हो प्रश्न नंबर बीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते प्रश्न नंबर इक्कीस श्रील भार्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है ऑप्शन ए 120 से अधिक बी पचासी से कम सी एक सौ बीस से कम या फिर डी उपरुक्त में से कोई नहीं सरिल बर्ट के अनुसार बताना है प्रश्न नंबर इक्कीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पचासी से कम होती है पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि प्रश्न नंबर बाईस वाणी दोष नहीं है ऑप्शन ए ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण बी धीमी या तेज गस से बोलना सी हकलाना और तुतलाना या फिर ऑप्शन डी तीव्र अस्पष्ट वाणी इसमें बताना है कौन सा वाणी दोष नहीं है प्रश्न नंबर बाईस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धीमी व तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं है बाकी तीनों हैं प्रश्न नंबर तेईस जिन बालकों की बुद्धिलब्धि है साधारणतया उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं ऑप्शन ए है सत्तर से कम बी सत्तर से ऊपर सी अस्सी से सौ के बीच या फिर डी उनमें से कोई नहीं तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ये सत्तर से कम प्रश्न नंबर 24 रिक्त स्थान भरना है कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं ऑप्शन ये तीन अथवा चार वर्ष के बालकों में बी छह अथवा सात वर्ष के बालकों में सी आठ से नौ वर्ष के बालकों में या फिर डी अभिप्रेरणा चौबीस का सही उत्तर होगा बी छ से सात वर्ष में प्रश्न नंबर पच्चीस एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं ऑप्शन ए उस पर अधिक ध्यान देकर बी उसे अधिक पुस्तकें देकर या फिर सी उसे अधिक समय देकर या फिर डी उसे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर तो प्रश्न नंबर पच्चीस का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उसे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर प्रश्न नंबर छब्बीस सृजनात्मकता सर्जाना, की विशेषता होती है ऑप्शन ए मौलिकता बी प्रभावशीलता सी लचीलापन या फिर डी उपयुक्त में से सभी तो प्रश्न नंबर छब्बीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी प्रश्न नंबर सत्ताईस सृजनात्मकता शिक्षार्थी वह है जो या क्रिएटिव लर्नर वह है जो आपने ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है या फिर बी बहुत ही बुद्धिमान है या फिर सी परीक्षा में प्रत्येक बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है या फिर डी पार्स लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है तो प्रश्न नंबर सत्ताईस का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पार्ट्स लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है प्रश्न नंबर अट्ठाइस निम्न में कौन शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है आपने विद्यालय जीवन के प्रारंभ करने से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना भी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थी विद्यार्थियों को कोचिंग कराना या फिर सी अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण या फिर डी प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना तो प्रश्न नंबर अट्ठाईस का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रश्न नंबर अट्ठाईस का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न पूछने प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना प्रश्न नंबर उन्तीस प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है ऑप्शन ए अभिव्यक्ति में नवीनता भी जिज्ञासा से सृजनात्मक विचार या फिर डी दूसरों के साथ झगड़ना तो प्रश्न नंबर उन्तीस का सही उत्तर आप लोगों ने लगा लिया होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दूसरों के साथ झगड़ना यह प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है प्रश्न नंबर तीस प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है ऑप्शन ए विचारों में सृजनात्मकता बी दूसरों के साथ लड़ना सी अभिव्यक्ति में अनुठापन या फिर डी कौतूहल तो प्रश्न नंबर तीस का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो आप लोगों ने लगाया है यदि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दूसरों के साथ लड़ना तो इस प्रश्न का ये सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 31 समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है किसकी बालकों की विशेषता है ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालकों की बी सामान्य बालकों की सी सृजनशील बालकों की या फिर डी उपरियुक्त में से कोई नहीं तो प्रश्न नंबर इकतीस इस मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न है इसका उत्तर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही उत्तर हम देंगे अगले वीडियो में आपको वीडियो कैसा लगा आप वीडियो को लाइक करें यह वीडियो आपको कैसा लगा बताइए यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद